दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम राम एक देवता राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया बिखारी सारी दुनिया दत भिखारी सारी दुनिया द्वारे पे उसके जाके कोई पुकारता के जाके कोई पुकारता परम कृपा दे अपनी धव से उ परम कृपा दे अपनी धव से उ दीना नाथ के कैसा दीना नाथ के बलिहारी सारी दुनिया दसाई क्या भिखारी साड़ी दुनिया दसाई क्या भिखारी भिखारी सारी दुनिया दाताए तेरा भिखारी सारी दुनिया दाताए तेरा दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू प्यारे प्रभु को अपने मन से निहार तू प्यारे प्रभु को अपने मन से निहार तू बिना हर नाम के बिना हर नाम के दुखियारी सारी दुनिया दाताए के राम अधिकारी सारी दुनिया दाताए के सारी सारी दुनिया बताए राम का प्रकाश जब अंदर जाएगा नाम का प्रकाश जबे अंदर जाएगा श्री राम का दर्शन तू पाएगा कर श्री राम का दर्शन तू पाएगा ज्योतिष जिसकी ज्योतिष जिसकी ऊजी यानी सारी दुनिया बताए के नाम सिखारी सारी दुनिया े के राम रामये के देवता रामेक देव माता पुजारी सारी दुनिया दाता के राम भिखारी सारी दुनिया दाताए के राम निखारी सारी दुनिया दसाए के